हेलो गाइस <coughs> आपका स्वागत है मेरे चैनल अनमोल बाय में तो भैया चैनल को कर दो सब्सक्राइब तो बताऊंगा वो टेबल कैसे पिन ड्राइव बनाए तो विंडो एक्स पी आप देख सकते हो यहाँ पर है विंडो एक्सपी की आई एसओ फाइल उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप उसको कर लेना डाउनलोड तो डाउनलोड करने के बाद तो आपको मैं जो ऐप की भी रूफस ऐप की भी लिंक दे दूंगा तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेना तो बिल्कुल सकते हो आपको अपनी पिन ड्राइव लगानी है सबसे पहले तो लगाने के बाद रूफस एप को आपको क्लिक करना है रेड क्लिक करना है ठीक है करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर लिखा है रन तो अगर आपने लगा ली होगी यूएसबी अपनी तो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा यूएसबी का फोल्डर तो यहाँ पर हमको सेट पर क्लिंग क्लिक करना है और अपनी वो फाइल को क्लिक करना है जो हम एक्स बी को बनाना चाहते हैं XP विंडो को हम टेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर अपना नाम करना है चेंज यहां पर मैं लिख देख देखता हूं विंडोज XP पी बाय अमोल टैग तो जे हो जाएगा मेरी वोटेबल टेबल ड्राइव का नाम तो यहाँ पर सिंपल सा हमको स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर लिखा होगा भाई साहब आपके जो भी यू में हो उसको डिलीट फॉर्मेट कर दूंगा मैं जे रूपोस ऐप बोल रहा है तो प्लीज आपका जो भी डाटा हो तो आप अपने पीसी के अंदर ट्रांसफर कर लो तो करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगी हमारी स्टार्ट तो बाई साहब जब तक जो प्रोसेसिंग होगी तो तब तक मैं वीडियो को करता हूँ थोड़ा सा पोज ठीक है यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगेगा तो जो फाइल आपको मैं बता दू कितनी एमबी की फाइल है यहाँ पर मैंने इसको रख दिया तो जैसे जो फाइल है यहाँ पर मैं प्रोग्राम्स में गया तो जी देख सकते जी कितनी एम की है ये पाँच सौ की है ठीक है क्योंकि ये विंडो एक्स है भाई लोगों, तो अगर आप भी चाहो तो विंडो एक्स की वोटेबल पिन ड्राइव बना सकते हो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसमें उसके अंदर मैंने बताया है कि आप विंडो टेन का बोटेबल पिन ड्राइव कैसे बना सकते हो ठीक है तो अगली मैं वीडियो कुछ बढ़िया से लेके आऊँगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई लोगो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है तो भाई साहब चलो मैं थोड़ा सा वीडियो को करता हूं स्किप, जिससे वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो तो गाई हमारी प्रोसेसिंग हो रही है बस होने वाली है तो मैं आपको एक बात बता दू कि आपको बीट कैसे चेक करना है अपने पीसी का ठीक है तो आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूं एक मिनट रुक जाओ तो गाइस तो बात हो रही थी बीट की ठीक है तो बीट कैसे चेक करना है आपको अपना जो दिस पीसी है ठीक है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है ठीक है आपको नहीं पता है कि हमारा जो बीट है वो 32 बीट है या 64 बीट है तो आपको सिंपल ही जहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका विंडोज का सब बायोडेटा निकलाएगा ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है 64 बिट ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरा है 64 बिट ठीक है तो आपका जो जो भी हो तो आप उसी के हिसाब से डाउनलोड करना तो बस प्रोसेसिंग होने वाली है तो चलो थोड़ा सा मैं वीडियो को और स्किप कर देता हूँ जिससे कि मेरी प्रोसेसिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाए तो चलो भाई साहब तो भाई साहब हमारी फाइल हो बस होने लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट कोई भेजो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो अगली जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी बढ़िया मैं लेके कर आऊँगा इससे बढ़िया तो आपने बोला मुझे किसी भाई ने बोला कि भैया मैंने एक्स का जो विंडो है वो वो टेबल बनाना है तो उसको कैसे बनाना है तो मैंने ये आपको बता दिया वो टेबल कैसे बनाना है तो लिंक आप नीचे देख रहे आपको मैं लिंक दे दूँगा तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है यहाँ रेडी रेडी पर क्लिक करना है तो पर हमको पर क्लोज क्या करना है एक बार पिन ड्राइव अपनी को निकालना है निकालने के बाद फिर से लगाना है ठीक है लगाने के बाद हमारा यहाँ पर ऊपर ही सेटअप आ जाएगा देख सकते हो बाय सेटअप आ चुका है विंडोज का तो प्लीज वीडियो को को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई साहब मेरे चैनल को, तो बाय बाय बंदे मातरम और मेरी वीडियो को कर देना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल जरूर करना तो अगली वीडियो में कुछ बढ़िया लेके आऊंगा तो नमस्कार